आपका हमारे चैनल टेक्निकली पर स्वागत है आज हम व्हाट्सअप की चैट सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाई गई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी तो चलो हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चलते हैं तो व्हाट्सअप पर चलने के बाद हमें कुछ ऐसा एंटर देखने को मिल जाएगा और इस पर आपको ऊपर की साइड थ्री सिंपल दिखेगा उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे सिम्पली क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर चैट दिखाया चैट पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको थम दिखेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे हम इस समय हमारा लाइट पर है इसको हम डार्क पर भी कर सकते हैं अगर हम लाइट मोड में मोबाइल रहे हैं तो डार्क पर चलाएं तो इससे ज़्यादा बेटर रहता है तो हम इसको नॉर्मल अभी लाइट मोड पर कर देते हैं इसके बाद आपको दूसरा इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा कि वॉलपेपर पेपर तो वॉलर पर हम जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं वाल पेपर को। तो वाल पेपर को चेंज करने का सिंपली आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई फीचर मिल जाएंगे यहाँ पर ब्राइट है डार्क है इसके बाद आपका गैलरी भी यहाँ पर हो जाएगा शो करने लगेगा यहाँ पर आपको सॉलिड कलर तो हम इसको बल्लेक पर क्लिक करके दिखा रहे हैं तो यहाँ से अलग अलग कलर के बैकग्राउंड है जिसको हम अपने व्हाट्सअप के बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं तो यहां से आप सिंपली चेच कर सकते हैं तो इसको हम सिंपली बैक आ जाते हैं बैक आने के बाद आपको हम दूसरी सेटिंग नीचे में मिल जाएगा देखने को चैट सेटिंग तो चैट सेटिंग में हम यहां पर यहां पर हमारा डिसको हम इनेबल कर देते हैं तो आपको इनेबल करने के बाद हम आपको स्क्रीन पर इसको छल के दिखाते हैं तो स्क्रीन पर जाने के बाद हम कहीं पर सिंपली टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने पर सिम्पली टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने जैसे कि हम यहाँ पर टाइप किए हैं तो टाइप करने पर यहाँ पर यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको तो एक और सिंबल देखने को मिल गया तो यहाँ पर एक सिंबल देखने को मिल गया यहाँ पर दो दो सिंबल सेंड करने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको डिसेबल जाके कर देते हैं तो डिसेबल करने के लिए सिंबल हमको सेटिंग पर जाना होगा सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे चैट में चैट में आने के बाद हम यहाँ पर इसको डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन आपको देख सकते हैं कि मीडिया विजुअलिटी का यहाँ पर अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो हमारे वीडियो और फोटो जो कि हमारे गैलरी में शो होंगे तो अगर आप इसको गैलरी में शो नहीं कराना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ ही रहने दें और अगर ऑन करना है तो ऑन ही रहने दें इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं फ्रंट साइज़ फ्रंट साइज में आपको देख सकते हैं ये सिंपली मीडियम पर होता है और आप इसको स्माल भी या लार्ज पर भी कर सकते हैं तो सिंपली है इसको मीडियम पर रहने देते हैं इससे आपके चैट चैट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ऐप लैंग्वेज यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को जो है तो चेंज कर सकते हैं तो सिंपली हम इस पर इंग्लिश पर रहने देते हैं इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि चैट बैकअप चैट बैकअप भी आप किसी जैसे कि हमारा वीडियो इमेज या कोई भी कंटेंट है जो जिसको हम बैकअप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं जब हम अपना WhatsApp डिलीट कर देते हैं तो किसी अन्य मोबाइल में डाउनलोड करके हम ईमेल से अपना बैकअप ले सकते हैं तो यहाँ पर दिखा दिया है कि आप Google से भी से Google डिवाइस से आप बैकअप ले सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर दिया कि हमारा लास्ट बैकअप कब किया है उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा गूगल ड्राइव सेटिंग यहाँ पर लिखा है कि गूगल ड्राइव सेटिंग में कि आप गूगल से बैकअप लेते हैं तो यह सेफ़ नहीं रहता है तो इसलिए यहाँ से भी ले सकते हैं लेकिन वैसे सेफ़ नहीं रहता है इसलिए हम डायरेक्ट इसको लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा बैक टू अब गूगल डिवाइड तो इसमें आप करके जैसे कि यहाँ पर डेली भी हमारा क्लिक है आप जिस पर चाहे तिस पर कर सकते हैं आपको जिस पर जैसे कि आपको नेबर मतलब कभी ने बैकअप लेना है तो उस पर आप क्लिक कर दें और हमको डेली पर रहने देते हैं इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा गूगल अकाउंट हो गूगल अकाउंट में आप जाकर अपना ई से के थ्रू जैसे कि आप ले सकते हैं बैकअप तो इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा बैकअप टू ओवर तो यहाँ पर आप क्लिक करके जैसे कि वाईफाई पे हमारा क्लिक कर यहाँ से आप डाटा पे भी करके कर ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको इंक्लूड वीडियो इंक्लूड वीडियो पर आकर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि हमारा वीडियो है उसको भी मतलब की जोड़ देगा बैकअप के साथ तो यहाँ पर वीडियो नहीं जुड़ा है तो आपको अगर इस जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दे और साथ में कमेंट कर दे और जैसे कि हमारे मोटिवेशन बनी रहे और इसके बाद जैसे वीडियो आपको चाहिए आपको हमें कमेंट करें उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी जय हिंद जय भारत